हेलो दोस्तों कैसे हो? आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोविड उन्नीस की वैक्सीन के बारे में कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और डोज लगवाने के लिए बुक कर वो कैसे करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाई स्टेप पूरा पूरा बताने वाला हूं तो कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो दो स्टेप के अंदर आपको नॉलेज मिल रहा है तो दोस्तों पहली बार निनाव के पहले हम लोग सीखें कैसे हम लोग कोविड उन्नीस की वैक्सीन के लिए तो रजिस्ट्रेशन तो करें उसके बाद बात करेंगे कि डोज के, तो तो के लिए बुक आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ की कोविड उन्नीस वैक्सीन से संबंधित जो भी अफवाहें हैं लोगों की तो उन अफवाहों पर बिल्कुल तो से, बचें और, दो से तो विड़ी विड़ी करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे स्टेप बाई स्टेप है आपको बताने वाला हूँ तो सबसे फर्स्ट नंबर स्टेप हम लोग बात करेंगे कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं तो चलिए चलती स्क्रीन पर तो दोस्तों वेबसाइट का जो पोर्टल है वो इस तरीके से खुलने वाला है और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा वरना आप वीडियो के साइड में देख रहे होगी वेबसाइट का जो है चल रहा है आप गूगल पे सर्च करके भी निकाल सकते हो वरना वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हो चलिए हम शुरू कर दें सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन साइन इन योर पे क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे तब वेबसाइट है वो ओपन हो रही है वो आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कितनी कि स्पीड है तो सबसे पहले आपको रेंडमली कोई भी अपना घर का नंबर या आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसका कोई भी मोबाइल नंबर है वो डालना है और ओ लेनी है तो सिंपली मैं अपने मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसको बलर कर देता हूँ सिक्योरिटी के लिए तो सिंपली मैंने अपने मोबाइल नंबर डाल दिए और मैं इसको सिक्योरिटी के लिए बलर कर देता हूँ अब आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे गेट ओ पे है वो क्लिक करना है तो मैं गेट ओ पे है वो क्लिक कर देता हूँ जैसे आप गेट ओ पे क्लिक करते हो तब आप तो ओ आ गई मैं ओ लगा देता हूँ तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पैंतालीस जीरो तीन जैसे ओ लगाता हूँ और वेरीफाई एंड प्रोसेस पे है वो क्लिक कर देता हूँ तो वैसे ऑलरेडी मेरा एक वैक्सीन डोज है वो लगा हुआ है और आपको यहाँ पे क्या करना है जैसे आपका कोई भी डोज़ नहीं लगाया हुआ होता है तब आपको यहाँ पे एड मेंबर का नाम आएगा जैसे आप मोबाइल नंबर लेके ओटीपी लगाते हो तो, तो, तो डायरेक्ट एड मेंबर का नाम आएगा तो आपको सिंपली एड मेंबर पे क्लिक करना है यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख रहा है फोटो आई प्रूफ यानी आप कौन सा आई प्रूफ है वो देना चाहते हो आप जो भी एक्स वाई जेड जो भी इनमें से जो भी आपके पास आई प्रूफ है वो आप दे देना मैं आधार कार्ड वो है आईडी प्रूफ देना चाहता हूँ तो आधार कार्ड के नंबर में बलर करता हूँ सिक्योरिटी के लिए और यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड नंबर है वो लगा देता हूँ आधार कार्ड नंबर लग चुके हैं अब सिंपली आपको जिस आधार कार्ड के नंबर डालने हैं यानी जिसको डोज लगवाना है उसका नाम डालना है आपको तो मैं यहाँ पर मेरा जो नंबर डाला है वो नाम डाल दिया अब मेल या फीमेल तो जो भी है वो आपको जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है फिर आपका जो बर्थडे डेट है उसका जो सन कौन सा है वो यहाँ पे डालना है तो मैंने डाल दिया आप सिंपली आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करना है जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास है वो आ जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना है जैसे मेरे यहाँ सेकेंड डोज वाला दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको फ़र्स्ट डोज़ पर यहाँ पर मेरे वाला सर्टिफिकेट ना वहाँ रखा है वहाँ पर आपको ऐसे आएगा तो वहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ जिस एरिया के अंदर आप रह रहे हो वहाँ के आपको पिन कोड डालना है जैसे मैं बिकाने श्री डूंगरगढ़ से, से हूँ तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 331803। तो जैसे ही मैंने 331803 अट्ठारह लगाए और सर्च करता हूँ तो अभी कोई बुकिंग सेंटर अवेलेबल नहीं है अट्ठारह प्लस एज में तो जैसे ही बुकिंग सेंटर अवेलेबल होगा तब आप वहाँ पर बुक वो अप्लाई कर सकते हो तो आपको मैं सेकंड के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे बुक करने वाले हैं लाइव प्रूफ के साथ तो चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं दोस्तों आपने देख लिया रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल इसी तरीके से है आप कोई भी पैन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा कोई भी आपकी आई डी प्रूफ देके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उसके बाद आप जहाँ जिस एरिया के अंदर रहते हो उसके अंदर वेबसाइट पोर्टल खुलने की न्यूज या आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कौन से टाइम पे वेबसाइट है वो आपके यहाँ ओपन है थोड़ी सी माफी चाहता हूँ कि साउंड है जो नॉइज है बाहर का साउंड आ रहा है तो आज थोड़ा सा मोबाइल वो खराब हो गया है तो चलिए आप चलते हैं स्टेप नंबर दो पे और हम लोग बात करने वाले स्टेप नंबर दो के अंदर की वैक्सीन के टीका करेंगे तो तो क्या करना है Register, डाल के फिर से है, वो लेनी है जैसे ही आप ओ टी पी लेते हो ओ टी पी लेने के बाद में वहाँ पर ओ टी पी आपको वेरीफाई करना है तो सिंपली में ओ टी पी वेरीफाई कर देता हूँ और जैसे ही आप ओ टी पी वेरीफाई कर देते हो उसके बाद में आपको जिसका वैक्सीन लगाना होता है उसका वैक्सीन लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है उसको सेलेक्ट करना होता है तो मैं वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा तो जैसे मैं नीचे नीचे यहाँ पे आता हूँ स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे ये यह देखिए फर्स्ट डोज आ रहा है इस पर क्लिक करता हूँ फ़र्स्ट डोज क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है जैसे डो सिलेक्ट कर लिया वहाँ जहाँ आप रह रहे हो उस एरिया का पिन है वो यहाँ पे डालना है तो मैं श्री डूंगरगढ़ से रह रहा हूँ तो श्री डूंगरगढ़ के पिन है वो यहाँ पे लगा देता हूँ उसके बाद आपको कंटिन्यू क्या करना है सर्च और 18 प्लस पे क्लिक करता रहना है जैसे ही आपका सेंटर है वो ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर रेड है फिलहाल तो बुकेड है लेकिन यहाँ पे रेड नहीं होगा हरा हो जाएगा तो चलिए देखते हैं मैं कहीं कुछ देर के लिए सर्च करता रहता हूँ और 18 प्लस पे वो क्लिक करता रहता हूँ तो आप भी ऐसे ही करना है सिंपली आपको यहाँ पे उस एरिया का पिन कोड लगाना है और सर्च करते रहना है और 18 प्लस पे वो क्लिक करते रहना है तो जैसे ही सेंटर ओपन होगा तो यहाँ पर सेंटर है वो आ जाएगा तो मैं यहाँ पे क्लिक सर्च करता रहता हूँ टैप करता रहता हूँ देखते हैं सेंटर कब खुलता है ठीक है तो फिर से वापस बैक आया डोज सेलेक्ट किया और वापस पिन कोड लगाया मैंने तो अब देखते हैं कि सेंटर है वो खुलता है कि नहीं खुलता है वापस सर्च करता हूँ तो फिलहाल सेंटर खुल चुका है तुरंत तो सेलेक्ट कर लेना है टाइम सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद में आपको सिंपली ये जो आपको कोड दिखाई दे रहा है उसको सिंपली जैसा का जैसा एस टेज है वो यहाँ पर फुलफ़िल करना है और जैसे ही आप उसको पूरा फुलफिल कर दोगे और कन्फर्म कर दोगे तो ये देखिए ये डोज है वो हो चुका है ऐसे तो सिंपल तरीके से बहुत ही आसान और इजी तरीके से आप भी अपना डोज वो ऐसे लगवा सकते हो तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप डोज के लिए अप्लाई कर सकते हो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल है नॉलेज मिल आपको तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद जय हिंदोस्तों